मुसाफिर मुसाफिर होना इश्क खोने के बराबर ही है क्योंकि दोनों में तलाश सुकून की ही होती है मैं मुसाफिर